गोल्डन वर्ड्स बाय साढ़े गुरु जी गणेश का स्थान मंदिर गुरु है गुरुजी कहते हैं गणेश जी का स्थान मंदिर में है ना कि लोगों के घरों की फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह जी हाँ गुरु का कहने का मतलब यही है कि हम गणेश जी की तस्वीरों को ले आते हैं पेपर वाली तस्वीरों को ले आते हैं और सोचते हैं कि हमारे ये विघ्नहरता है तो सारे हरेंगे और जहाँ अभी मतलब लगा देते हैं शो पीस के तौर पर भी ले आते हैं वो हमें नहीं लाने चाहिए क्योंकि गणेश का जो स्थान है वह मंदिर में है जय गुरु जी